कौन सी भेड़ दिखाई लाड़ी बहु थोड़ा सा घूंग करना तो ऐसे लाड़ी बहु ने घूंग इतना घूंग कराया तो दो सो ही देती बीस रुपए दिए है अच्छी लड़की हो जाएगा मुँह देखने का ही लड़की है चप्पो भत्ती है